मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वृश्चिक राशि के जात फरवरी माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में जी हां वृश्चिक राशि के जात फरवरी का ये माह आखिर में आप लोगों का कैसा जाएगा इस माह को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं और यथेष्ट फलों की प्राप्ति ले सकते हैं इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे 22 और 23 तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं खास करके दिल्ली के क्षेत्र से आप लोग मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं इसमें दर्शकों तो आगे बढ़े उससे पहले फरवरी माह के आखिर में प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं तो फरवरी माह का जो सबसे पहला दिन रहेगा मतलब एक फरवरी शनिवार दिन रहेगा और रथ सप्तमी रहेगी वही दो फरवरी रविवार दिन रहेगा और अष्टमी का जो है व्रत रहेगा पाँच फरवरी बुधवार दिन रहेगी और एकादशी है इस दिन जया एकादशी का व्रत रहेगा 9 फरवरी संडे रविवार दिन माघ मास की पूर्णिमा का व्रत रहेगा जो भी हमारे दर्शक पूर्णिमा का व्रत जो है जिनको भी हमने बताया हुआ है उनको 9 तारीख को रहना है वहीं 13 फरवरी बृहस्पतिवार दिन रहेगा और कुंभ संक्रांति होगी जी हां कुंभ संक्रांति का मतलब ही ये हो गया कि सूर्य देव जो हैं ये मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे वहीं उन्नीस फरवरी बुधवार दिन रहेगा और विजया एकादशी का व्रत रहेगा 21 फरवरी शुक्रवार दिन रहेगा और ओम नमः शिवाय आप लोग बोलिए महाशिवरात्रि रहेगी 21 तारीख को तो आप लोगों को इस दिन व्रत वगैरह रहना रहेगा दर्शकों 22 और 23 फरवरी को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं और हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है आप लोग आकर के हमसे मिल सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों फरवरी का ये माह चूंकि शनि की साढ़े उतर चुकी है आर्थिक स्थिति आपकी सबल रहेगी धन धान्य तथा अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी धन आगमन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है भोग बिलास की वस्तुओं में आपकी रुचि रहेगी आपका मन इनकी ओर आकृष्ट होगा आपके प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ता बनेगी और एक निष्पक्ष जो प्यार होता है ये इस माह आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है विभागीय परीक्षाएँ जो लोग इंटरनल एग्जाम दे रहे अपने डिपार्टमेंट का उसमें वो लोग निश्चित सफल होंगे अनुचित कार्यों में जो अभी तक आपका मन चला आ रहा था वो हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस माह कोई बहुत बड़ी विपदा या बहुत बड़ी दुर्घटना से आप लोगों का बचाव होगा संतान के दायित्वों की पूर्ति वृश्चिक राशि के जाता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपका समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी उन्नति के सु अवसर आपको प्राप्त होंगे और यदि आपने पूर्व में कोई भूमि भवन का आपने विस्तार किया है जमीन आपने कोई लेकर के छोड़ी है तो इस माह से घर में आप अपने काम लगवा सकते हैं निर्माण कार्य आप लोग करा सकते हैं उच्च अधिकारियों और वरिष्ठों के जो है वृश्चिक राशि के जो जातक हैं ये इस माह कृपा पात्र बने रहेंगे इस माह यदि आपने कोई लोन संबंधी फाइल बैंकों में जो है डाली है पेंडिंग थी अभी तक तो आपका लोन जो है ये अप्रूव्ड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सूर्य का जो गोचर रहेगा तो महीने के उत्तरार्ध में थोड़ा सा आपको जो है व्यसनों की ओर बढ़ाएगा किसी जो है मतलब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित करेगा सहयोगी जो आपके अपने रहेंगे जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा वो आपके कुछ कार्यों में टांग अड़ाएंगे और अवरोध उत्पन्न करेंगे वृश्चिक राशि वालों एक बात और बता दें फरवरी महीने के पूर्वार्ध में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी वही महीने का उत्तरार्ध आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा क्योंकि फरवरी महीना विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे माह की शुरुआत में ही आप लोग यदि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें सफल होते हुए दिखाई रहेंगे भाई बहनों के लिए काफ़ी अनुकूल समय रहेगा आपके भाई बहन किसी नौकरी में आ सकते हैं या उनको कोई पद प्रभुता अधिकार मिल सकता है आ, लेकिन फरवरी माह में माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां हो सकती हैं खास करके उनको ज्वाइंट रिलेटेड जो है कोई दर्द हो सकता है कमर के निचले हिस्से में कोई उनको प्रॉब्लम आ सकती है प्रेमी जोड़ों के लिए फरवरी का महीना अच्छा रहने वाला है यदि आप लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं प्यार करते हैं और अपने घर में शादी के लिए मनाने वाले हैं अपने घर में बात करने वाले हैं अपने माता पिता से तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी और आप लोग शादी के बंधन में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वही शादीशुदा जातकों के लिए ये महीना अनुकूल रहने वाला है फरवरी माह में आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट वगैरह देते हुए नजर आएंगे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आप लोग 14 तारीख के आसपास देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आर्थिक मामलों में हमने आपको बता दिया कि ये महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा किसी बड़ी बीमारी की जो शिकायत थी वो यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है एक बात और बता दें देखिए आगे बढ़ें करोड़ों लोगों की लाखों लोगों की वृश्चिक राशि होती है लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके लिए वेस्ट उपाय क्या हो सकते हैं बहुत ही दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग क्या हो सकते हैं तो आपकी रिपोर्ट आपकी कुंडली देखकर के ही पता चलेगा कुंडली कैसे बनती है तो जिस दिन जिस स्थिति में आपका जन्म हुआ होता है जिस समय हुआ होता है जिस जगह हुआ होता है तो उसी के आधार पर बनती है ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है वर्तमान में दशा किस चीज़ की चीच चल रही है ये तो मतलब सबके लिए है वृश्चिक राशि जिनकी होगी वो लोग देख लेंगे लेकिन आपके लिए पर्टिकुलर आपके जीवन में वास्तविक समस्या वास्तविक परेशानी क्या चल रही है ये देखना बहुत आवश्यक है इसके लिए आप अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण टेलीफोन के माध्यम से या हमसे मिल करके करवा सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि जब फ़ोन ना उठे तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं शुभ दिवस पर आ जाते हैं उसके बाद उपाय की ओर बढ़ते हैं तो शुभ दिवस जो रहेगा ये एक तारीख रहेगा चार तारीख रहेगा छः तारीख रहेगा आठ तारीख रहेगा नौ तारीख रहेगा इसके बाद ग्यारह तारीख उन्नीस तारीख बीस तारीख चौबीस तारीख उनतीस तारीख और तीस तारीख ये आपके लिए सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे वही प्रतिकूल दिवस में यदि हम चलें तो तीन तारीख पाँच तारीख सात तारीख तेरह तारीख पंद्रह तारीख अट्ठारह तारीख तेईस तारीख पच्चीस तारीख अट्ठाईस तारीख वही भाग्यशाली कलर्स पर चलते हैं तो रेड कलर और येलो कलर आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली रहेगा भाग्यशाली अंक पर चलते हैं तो अंक एक और अंक पाँच आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेंगे इन अंकों का प्रयोग करके अपने जीवन में समृद्धता ला सकते हैं तो दर्शकों उपाय की ओर अब बढ़ते हैं उपाय क्या करना रहेगा हर बुधवार को विष्णु सहस नाम का पाठ आप लोगों को करना रहेगा ये पहला उपाय है दूसरा उपाय क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा शुक्रवार वाले दिन गाय के एक देसी घी का दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको जला करके अर्पित करना है रखना है वहां पर तीसरा और प्रयोग क्या हो सकता है तो प्रतिदिन आपको भगवान भास्कर को अर्घ देना रहेगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का एक बार पाठ आप लोग जरूर कीजिए इस माह कोशिश कीजिएगा एवॉइड करिएगा कि मंगलवार का आप लोग व्रत उठा लें और मंगलवार का आप लोग व्रत रहें तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेगा सुबह जब जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम ये आपको करके दर्शन करने रहेंगे कर मतलब होता है हथेली तो ये प्रयोग करिए निश्चित ही आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट इस प्रयोग को करने के बाद देखने को मिलेंगे कैसा लगा है प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बगल में बना आइकन दबाइए वृश्चिक राशि के जातकों का आर्थिक राशिफल प्रेम राशिफल और कैरियर राशिफल और विस्तृत दो का राशिफल हमने चैनल पर अपने डाला है आप लोग जा के देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए Jahin yeah. isani ma paridanisha